परासिया में जनपद सचिव संघ को तीन माह से वेतन नहीं दिया गया है जिसे लेकर उन्होंने जनपद सीईओ को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उन्हें वेतन नहीं दिया गया तो सारे काम बंद कर आंदोलन किया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी परास जनपद के सचिव संघ ने जनपद सीईओ को आंदोलन की चेतावनी दी है उनका कहना है की पिछले तीन महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है जिसे लेकर उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वेतन न मिलने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और कर्ज लेकर परिवार की जरूरतें पूरी की जा रही हैं और इन्हीं परिस्थितियों के चलते वे आंदोलन करने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द जल्द से वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो सचिव संघ ग्राम पंचायत के सारे काम बंद कर आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी हमारे सचिव साहिब इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया सचिवों को तीन माह ऐसी वेतन नहीं मिला है जैसे आर्थिक परिस्थिति गुजर रहे हैं और